यह मंदिर सूरजकुंड महादेव मंदिर है यह मंदिर होलकर स्टेट की महारानी मातोश्री अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर का निर्माण लगभग 1770 में किया गया था यह मंदिर प्राकृतिक सुरम्यता को अपनी गोदी में समेटे हुए है इस नदी के तट पर एक बहुत ही प्राचीनतम नदी है ऐसा माना जाता है कि प्राचीन संत चमनगिरी जी महाराज द्वारा यह नदी उत्गमित की गई थी उन्हीं संत चमनगिरी महाराज के नाम पर इस नदी का नाम चौली नदी रखा गया मातोश्री ने मंदिर के साथ साथ एक विशालतम पुलिया एवं दो कुंडों का भी निर्माण करवाया इस मंदिर परिसर में एक बहुत ही प्राचीन संत की दिव्य छतरी भी स्थित है यह मंदिर प्राकृतिक सौरम्यता को समेटे हुए नदी के तट पर स्थित है यहाँ पर दया जी आलोक के पुत्र अनिल कुमार राठौड़ दामोदर जो कि पत्री चिकित्सक शामगढ़ में है उन्होंने के द्वारा यहाँ पर पाँच सीमेंट की बेंचों का दान दिया गया इन पांच बेंचों से मंदिर परिसर की छवि और निखरेगी यह मंदिर अपने आप में बहुत ही दिव्य व अलौकिक है